भारी बारिश के माहौल के चलते छतरपुर और टीकमगढ़ की सीमा के बीच बने सुजारा डैम के ग्यारह गेट खोल दिए गए सागर जिले में अधिक बारिश होने से डैम लबालब भर गया इसलिए डैम के गेट खोलने पड़े भारी बारिश के चलते सुजारा डैम के ग्यारह गेट खोल दिए गए हालांकि गेट खोलने से पहले ही सिंचाई विभाग ने डैम के निचले गाँव में इसकी सूचना दे दी थी डैम के गेट खोलने से धसान नदी में पानी बढ़ गया है नदी में कोई न जा पाए प्रशासन ने इसकी व्यवस्था कर दी है